नमस्कार स्वागत अभिनंदन भाग विश्लेषण के इस कार्यक्रम में दिनांक 30 अगस्त 2019 का दैनिक राशिफल कैसा रहेगा राशि भविष्य क्या कहती हैं मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए शुभ उपाय क्या रहेंगे शुभ रंग क्या रहेंगे शुभ अंक क्या रहेंगे कौन सी दिशा में वो सार्थक कदम उठाएं कि आज का दिन उनके लिए हो बेहद शुभ इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे अंत तक बने रहिएगा दर्शकों आग्रह करते हैं कि यदि अभी तक आप नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए बगल में बनी जो घंटी है बेल है उसको जरूर दबाइए फेसबुक पेज पर यदि हमारा ये, ये राशिफल आप देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक कीजिए और फॉलो हमको जरूर कीजिए पंचांग पर दृष्टि डाल लेते हैं तो विक्रम संबत 2076 हजार छिहत्तर सक 1941, इस समय उत्तरायण चल रहा है कृष्ण पक्ष है और कृष्ण पक्ष की जो तिथि रहेगी ये अमावस्या रहेगी सोलह बजकर 9 मिनट तक की तद उपरांत प्रदीपता तिथि रहेगी नक्षत्र जो रहेगा ये मघा नक्षत्र रहेगा इसके उपरांत पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा योग जो रहेगा दर्शकों ये शिव योग होगा इसके उपरांत सिद्ध योग होगा करड़ की बात कर लेते हैं चूंकि पंचांग पांच अंगों पर आधारित होता है तिथि वार नक्षत्र योग करड़ तो जो करण रहेगा योग रहेगा ये सिद्ध योग रहेगा शिव योग के बाद और करण रहेगा चतुष्पाद इसके जो है उपरांत जो रहेगा ये नाक करण रहेगा और जो सबसे अंतिम करण रहेगा ये किस्तुधन करण जो है रहेगा चंद्रदेव का जो आज गोचर रहेगा चलायमान रहेंगे चंद्रदेव आज जो है सूर्य की राशि सिंह राशि में चलायमान रहेंगे सूर्योदय सनराइज और सनसेट की बात कर लें तो प्रातः 5 बजकर 48 मिनट पर सूर्योदय होगा और सूर्यास्त होगा शाम को 6 बजकर 25 मिनट पर राहु काल की बात करते हैं राहु काल एक ऐसा काल एक ऐसा समय कि इस दौरान शुभ कार्यों को नहीं करना है तो सुबह साढ़े 10 दस, दस बज के मिनट से लेकर के 12 बज के मिनट तक का जो समय रहेगा ये राहुकाल का रहेगा और शुभ कार्यों को करने के लिए आप अमृतकाल में कर सकते हैं आज तीन बजकर छः मिनट से चार बजकर तीस मिनट तक का जो समय रहेगा ये अमृतकाल का रहेगा अभिजीत मुहूर्त का जो समय रहेगा ग्यारह से बारह बजकर बत्तीस मिनट तक का रहेगा विजय मुहूर्त का जो समय रहेगा ये बारह बजकर तेरह मिनट से लेकर के तीन बजकर तीन मिनट तक दोपहर में रहेगा इस दौरान आप लोग शुभ कार्यों को कर सकते हैं हमने दर्शकों पूर्व में बताया था कि अमावस्या तिथि को मैथुन और प्रतिपदा को कद्दू त्याज माना जाता है इनका सेवन करना इनका दान करना दोनों की मनाही होती है शुक्रवार दिन रहेगा तो दिशा की भी बात कर लेते हैं पश्चिम दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए यदि करनी पड़ जाए तो मिश्री सौफ या दही खा करके आप यात्रा कर सकते हैं चलते हैं राशिफल की ओर मेष राशि के जो है मेष राशि के जातकों के लिए आज के सितारे क्या कहते हैं तो जो छात्र वर्ग हैं उनके लिए आज का दिन काफ़ी अनुकूल रहने वाला है खास करके जो साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट हैं उनके लिए आज का दिन बेहद फायदेमंद रहेगा आज आपका रिसर्च वर्क पूरा रहेगा माता पिता के साथ आपके संबंध बेहतर स्थापित होंगे जॉब के मामले मामले में कोई बहुत बड़ा ऑफर मिलने का योग बन रहा है आज अचानक से आपको धन लाभ हो सकता है बिजनेस के लिए बिजनेस टूर पर आज आप कहीं बाहर जा सकते हैं व्यापारी वर्ग के लोगों को किसी खास समारोह में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा मां लक्ष्मी को एक गुलाब का पुष्प आप अर्पित करिए आपकी सभी शुभ कलर राशि की ओर बढ़ते हैं देखिए दर्शकों फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए और आज हमारा एम है कि कम से कम एक लाइक हमारे इस जो है राशिफल पर जरूर आए तो प्लीज आप लोग इस टारगेट को पूरा करिए और राशिफल देख रहे तो एक लाइक तो बनता ही है वृषभ राशि के जातकों के लिए आज नौकरी पेशा लोगों को कम समय में जो है ज़्यादा जो है सफलता हासिल होती हुई दिखाई दे रही व्यापारियों को आय के नए स्रोत मिलेंगे आज ऑफिस में आप सबका सहयोग मिलेगा कोई काम मन मुताबिक पूरे होने से आज जीवन साथी से संबंध अच्छे रहेंगे जीवन साथी के साथ आज आप कहीं बाहर टूर पर जा सकते हैं आज आप खुद को तरोताज़ा महसूस करेंगे अपना ध्यान किसी सोशल वर्क में आज आप लगा सकते हैं वृषभ राशि के जात को आज कोई नए कॉन्ट्रैक्ट का फायदा आपको मिलेगा आज आपकी उदारता लोगों को पसंद आएगी जो स्टूडेंट हैं वृषभ राशि के हैं और टीचिंग हैं एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आज सफलता श्योर मिलेगी गाय को रोटी जरूर खिलाइएगा लेकिन मिश्री डाल के खिलाइएगा शुभ कलर के लिए रहेगा ये रहेगा वाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन और जो शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा आपके लिए सबसे शुभ दिशा रहेगी मिथुन राशि की ओर चलते हैं लाइक like करते रहिए आप लोग मिथुन राशि के जातकों आज आपके जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे आपको सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ेगा परिवार में आपके गुड़ों की प्रशंसा होगी नई तकनीकी को अपनाने से आज आपको फायदा होगा व्यापार में वृद्धि होने की संभावनाएं दिख रही हैं आपके किसी प्रोजेक्ट को, को कोई बहुत बड़ा निवेश मिल सकता है आज अपने पार्टनर के साथ आज, आज आप बाहर डिनर का प्रोग्राम बना सकते हैं जो लोग संगीत या गायन के क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें किसी बड़ी जगह सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी जो है किसी बड़ी जगह परफॉर्म कर सकते हैं चालीसा का पाठ और ललिता सहस्त्र नाम का पाठ आपके लिए आज समस्त मनोवांछित फल प्राप्त करने वाला रहेगा शुभ दिशा रहेगी पूर्व शुभ कलर आपके लिए रहेगा ग्रीन शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक कर्क राशि आज आपको नए लोगों से थोड़ा संभल कर चलना चाहिए किसी भी काम में घर के बड़ों से सलाह लेना बेहतर रहेगा आज आपके खर्च ज़्यादा रहेंगे पढ़ाई के प्रति आज आपकी एकाग्रता में कुछ कमी आएगी आज आपको अपना ध्यान भटकने से बचाना होगा आपकी ज़िंदगी में कुछ मेजर चेंजेस हो सकते हैं बदलाव हो सकते हैं आपको बिजनेस में विरोधियों से बचकर रहना चाहिए आज खुद को फिट रखने के लिए कोशिश कीजिए कि मेडिटेशन करिए योग करिए प्राणायाम करिए इससे आज आप बेहतर में, जो है महसूस करेंगे मंदिर में देसी घी का दीपक जलाने से आज आपके सारे मनोरथ सिद्ध होंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा तीन शुभ दिशा आपके लिए रहेगी दक्षिण दिशा सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा आज का दिन तो आज चंद्रदेव आप ही की राज में जो है राशि में चलाएमान है तो किसी काम के प्रति आज आपका जो है झुकाव रहेगा करियर के, के मामले में कुछ चीज़ें जो है बेहतर होने के आसार हैं बिजनेस में किसी नए ग्रुप से आज जुड़ने पर आपका विचार हो सकता है कोई नई डील आज आपको मिल सकती है घर वालों से किसी बात को लेकर थोड़ा मनमुटाव हो सकता है बहुत सोच समझ कर आज आप अपनी बात रखिएगा दूसरों से आज आप जो मतलब जो है बात जो है होगी थोड़ा सा आपको स्वस्थ भाषा का हेल्थी वर्ड्स का चयन करना रहेगा सेहत के प्रति आज, आज आपको अपने ख्याल रखिएगा जीवन साथी के साथ कुछ छुटपुट घटनाएं मतभेद हो सकते हैं बात विवाद वैचारिक मतभेद हो सकते हैं जंक फूड से बचना है और बाहर का खाना नहीं खाना है न आपका पेट खराब हो सकता है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिए श्री सूक्त का आज आप पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा यह रहेगा क्रीम कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा यह रहेगा अंक तीन और आज के लिए जो शुभ दिशा आपके लिए रहेगी खासकर ये रहेगी नॉर्थ ईस्ट पूर्व और उत्तर की जो दिशा रहेगी इस दिशा में यदि आप कोई काम करते हैं तो कार्य सिद्धि होगी कन्या राशि की ओर चलते हैं आज आपका मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहेगा आपको सरकारी कार्यों में किसी बड़े व्यक्ति की मदद मिल सकती है कन्या राशि के जात को परिवार वालों के साथ आज आप लोग घूमने फिरने शॉपिंग पर बाहर जा सकते हैं किसी सामान की खरीदारी पर आज आपको कोई अतिरिक्त लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है दोस्त आपसे किसी मामले में सलाह ले सकते हैं आपको कोई नए बिजनेस का प्रपोजल मिल सकता है लव मिट के लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा आपकी आय और खर्चों में तालमेल बना रहेगा बच्चों के प्रति आपका स्वभाव नरम रहेगा माता पिता का पैर छू के आशीर्वाद लीजिए जिससे पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे और सुबह जल्दी उठ करके आज तुलसी जी पर आपको जो है थोड़ा सा दूध कच्चा दूध गाय का जरूर चढ़ाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए जो रहेगा ये रहेगा रेड शुभ अंक आपके लिए रहेगा आठ और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पूर्व दिशा तुला राशि की ओर बढ़ते हैं क्या कुछ कहता है तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन तो आज आपको लाभ के कई अवसर प्राप्त होंगे लेकिन समय निकल जाने का अवसर आज जो है जाने के बाद आपको वापस नहीं मिलेगा अतः समय और अवसर दोनों को ध्यान रखिए दोनों बार बार नहीं आते हैं और कोई भी कार्य यदि आप करते हैं तो अपना हंड्रेड दीजिए नाइन्टी भी मत दीजिए जीवन साथी के साथ तालमेल बेहतर रहेगा जो लोग नौकरी पेशा हैं उनको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है आपके काम को लेकर आज आपके सीनियर कुछ नाराज हो सकते हैं आज आपको अपनी भावनाओं पर थोड़ा सा काबू रखना पड़ेगा चीटियों को यदि आप शक्कर मिश्रित आटा डालते हैं तो सब कुछ बेहतर होगा लक्ष्मी की प्राप्ति होगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा छः और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पश्चिम वृश्चिक राशि कैसा रहेगा स्कॉर्पियो के लिए आज का दिन क्या कुछ कहते हैं सितारे लेकिन फटाफट लाइक जरूर करिए तो वृश्चिक राश के जात को कोई बहुत अच्छी आज आपको खबर मिल सकती है ऑफिस में आपको कोई नया कार्य मिल सकता है जिसे पूरा करने में आप सफल होंगे परिवार के साथ मौज मस्ती भरा समय बिताएंगे आज आपका पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा आप माता पिता के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं प्रशिक्षण में तरक्की के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे आज महिलाओं का दिन ऑफिस में बड़ा शानदार रहेगा आज करना क्या रहेगा एक नारियल लेना है पानी वाला और उसको लक्ष्मी माता के मंदिर जा कर के अर्पण करना है चाहना है शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ और आज आपके लिए जो दिशा रहेगी दक्षिण दिशा बहुत अच्छी आपके लिए रहेगी अगली राशि सजिटेरियस धनुराशि तो धनुराशि के जात आज कार्य के सिलसिले में बाहर की यात्राएं होती हुई दिखाई पड़ समाज में आज आपका मान सम्मान और रुतबा बढ़ेगा उच्च अधिकारी आज आपको एक्स्ट्रा जिम्मेदारी आपके ऊपर लाते हुए नजर आएंगे किसी रिश्तेदार के आगमन से घर में खुशी का माहौल बनेगा पड़ोस के कुछ लोगों से आज आपकी मुलाकात रहेगी आपके सोचे हुए कार्य पूरे होंगे अपने लक्ष्य को पूरा करने में आज आप किसी दूसरे की मदद लेते हुए नजर आएंगे जो लोग मार्केटिंग की फील्ड से जुड़े हुए हैं उन्हें आज कुछ अच्छे क्लाइंट्स मिल सकते हैं आज आपको हर तरफ से लाभ ही लाभ मिलेगा आज कोशिश कीजिए कि छोटी कन्याओं को कुछ मीठा जरूर खिलाइए दूध से बनी हुई बर्फी मित्री बताशा जो भी आपकी यथाशक्ति हो खिलाइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पिंक शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छ दक्षिण दिशा सर्वथा शुभ रहेगी कैप्रिकॉन मकर राशि क्या कुछ कहता है आज का राशि फल तो भाई साहब तीस अगस्त का राशिफल कहता है कि कुछ कार्यों में आज आपको सफलता मिलेगी लेकिन आपको अजनबी लोगों पर भरोसा करने से बचना चाहिए आज आपको अपनी योजनाओं के प्रति गोपनीयता बनाए रखने की ज़रूरत है किसी मित्र से मिलने पर आप उनके घर जा सकते हैं आपकी दोस्ती और गहरी हो सकती है जीवन साथी के साथ रिश्तों में लेकिन थोड़ी उतार चढ़ाव भरी स्थिति दिखाई पड़ती है जीवन साथी को खुश करने के लिए आज आप कोई उपहार देंगे आज आप किसी सामाजिक कार्य का हिस्सा भी बन सकते हैं मंदिर में आज कोशिश कीजिए दूध का स्थान जो है दूध का जो है आपको दान करना रहेगा किसी महिला को भी कर सकते हैं इससे आपकी सभी कष्टों का निवारण होगा शुभ कलर आपके लिए जो रहेगा ये रहेगा व्हाइट कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी उत्तर दिशा कुंभ राशि एक्वायर्स कैसा है आज आपका राशिफल लेकिन दर्शकों आगे बढ़े उससे पहले प्लीज यदि नए हैं और पुराने भी हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए और यदि घंटी भी नहीं दबाए हैं तो बगल में बना बेलाइकन आप लोग जरूर दबाइए उम्मीद करते हैं कि हमारा जो वार्षिक राशिफल 2020 है आप सभी लोग इसका लुफ्त ले रहे होंगे जो भी हमने उसमें प्रयोग बताए हैं आप लोग करना स्टार्ट कर देंगे 2020 में वार्षिक राशिफल 2020 देखने के लिए हमारे चैनल पर क्लिक करिए बगल में बनी प्लेलिस्ट में जा करके आप सभी राशियों का हाल जान सकते हैं कुंभ राशि के जात जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर होंगे कार्यक्षेत्र में आज, आज आपको कुछ लोगों से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा आज इनकम के नए रास्ते खुलेंगे कुछ दिनों से रुका हुआ कार्य आज पूरा होगा आज जो कॉमर्स स्टूडेंट हैं और कुंभ के हैं इनके लिए आज बहुत बड़ा दिन रहने वाला है किस्मत आप पर मेहरबान रहेगी अचानक से जो लोग बिजनेस में जुड़े हुए हैं धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है जो लोग टूर ट्रेवल्स फूड और क्या कहते हैं ये कॉस्मेटिक चीज़ों से रिलेटेड बिजनेस से जुड़े हैं उनके लिए आज बिजनेस में वृद्धि सौभाग्य वृद्धि के योग बन रहे हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए अपने गुरु समान व्यक्ति को प्रणाम करिए और यदि हो सके तो आज लक्ष्मी सहस नाम का आप पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज ग्रीन शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा तीन आज आपके लिए दक्षिण दिशा शुभ रहेगी अंतिम राशि पर चलते हैं हमारी है, तो और बहनों का आपको सपोर्ट प्राप्त होगा अपने परिवार के साथ आज आप कुछ बेहतरीन फलों का आनंद उठाएंगे कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आज किसी से मीटिंग कर सकते हैं आज आप खुद को एनर्जेटिक महसूस करेंगे कैरियर में आप तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे कुछ खास जगहों पर आपकी प्रशंसा होगी स्टूडेंट पढ़ाई में आगे रहेंगे बिजनेस के लिहाज से की गई यात्रा आपके होगी जरूरतमंदों को आज पका या भोजन कराते तो आपको सभी कार्यों में सफलता प्राप्त और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जरूर जाप करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो और शुभ दिशा आपके लिए जो रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा आपके लिए सर्वथा शुभ रहेगी उम्मीद करते हैं हमारे जितने सम्मानित दर्शक ये राशिफल देख रहे हैं उनको ये राशिफल पसंद आया होगा यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं और हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं दीजिए इजाज़त मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार